हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वेले आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सकी आज का प्रश्न है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति में निहित होती है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद प्रेपर में बताया गया है भारतीय संविधान के अनुसार प्रथम नागरिक कौन होता है तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति होता है संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है इसका राइट आंसर है तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद बावन में राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है इसका राइट आंसर है अनुच्छेद अठावन में अनुच्छेद अठावन के अनुसार भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो लोकसभा का के का सदस्य निर्वाचित जाने योग्य हो चुनाव के समय लाभ पद नहीं किया हो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए और इसका राइट आंसर है पैंतीस वर्ष राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है इसका राइट आंसर है उप राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे टहा जाता है और इसका राइट आंसर है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा और यह प्रक्रिया तब लगाई जाती है जब राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो और यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा चलाई जा सकती है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था और इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद और ये भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल कार्यकाल सबसे लंबा रहा जो कि जनवरी तेरा मई उन्नीस सौ बासठ तक रहा राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है और इसका राइट आंसर है पांच लाख रुपए और इस वेतन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है और यह कर मुक्त होता है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कितने सदस्यों को मनोहित मनोनित किया जाता है और इसका राइट आंसर है 14। लोकसभा में 12 सदस्य है। और ये 12 के 12 सदस्य कला विज्ञान और संस्कृति में अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया हो और दो सदस्य राज्यसभा में मनोनीत मनोनित जाते हैं वे सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं भारत का राष्ट्रपति किसका होता है? है और इसका राइट आंसर संसद का। राष्ट्रपति लोकसभा को किसके कहने पर भंग कर सकता है और इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री के कहने पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से प्राम्रस करने की शक्ति प्रदान करता है और इसका राइट आंसर एक सौ तैतालीस के द्वारा राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के द्वारा युद्ध या बाह्य आक्रमण या से सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगा सकता है और इसका राइट आंसर है अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगा सकता है और इसका राइट आंसर है ३६० के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है और वित्तीय आपातकाल आज तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगाया गया है राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के के द्वारा लगाया लगाया जाता जाता है? है है। इसका राइट आंसर अनुसार राष्ट्रपति शासन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी और इसका राइट आंसर है प्रतिभा देवी पाटिल और इनका कार्यकाल पच्चीस जुलाई दो से पच्चीस जुलाई 2012 हजार तक रहा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है और इसका राइट आंसर है और इसका डी ऑप्शन सभी उत्तर ठीक से इसमें है इसमें राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य राज्य राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य सभी भाग लेते हैं एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है जितनी भारत आए चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली है और इसका राइट आंसर है अमेरिका के संविधान से यह प्रक्रिया ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की लिए किसी भी सदन में कम से कम कितने दिन पहले सूचना दी जाती है और इसका राइट आंसर है तो दिन पहले सूचना दी जाती है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उनकी उपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है और इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश इसका पद ग्रहण करता है राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है और इस प्रश्न का राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देता है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है और इसका राइट आंसर है अनुच्छेद इकसठ के द्वारा भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है और इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है तीन बार राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई गई है इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एकल संक्रमणीय पद्धति को अपनाया गया है राष्ट्रपति अपने पद के लिए गोपनीयता की किस शपथ किसके समक्ष लेनी पड़ती है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को किसके द्वारा निपटाया जाता है और इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है और इसका राइट आंसर है अनुच्छेद चमन के द्वारा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद